तो आपको यह सवाल पूछना है कि ये जो पैसा है जो आपके जेब में से निकल रहा है ये जा रहा है है? जेब में में नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत राहुल गांधी ने कहा था आपको मोदी सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि ये पैसा जो आपके जेब से निकल रहा है वह पैसा कहा जा रहा है राहुल गांधी के इस सवाल की प्रासंगिकता आज के समयों में बढ़ गई है आज गौतम अडानी के करतूतों की वजह से भारत के आम लोग का पैसा डूबता जा रहा है ये वे लोग हैं जो मेहनत से कमाए थे और उस कमाई को अडानी कंपनी में लगाया था लेकिन अडानी उन सभी का पैसा डूबने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है आखिर भारत सरकार की इतनी भारी मात्रा में मेहनत से कमाई गई संपत्ति अडानी के हाथ में कैसे चल गई किसने भारत के आम लोगों की संपत्ति एक आदमी अडानी को दे दी इसका एक ही जवाब है और वो है नरेंद्र मोदी पहले गौतम अडानी अपना पैसा खर्च करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए और उसके बाद नरेंद्र मोदी अपना कर्ज अदा किए देश के आम लोगों का पैसा अडानी के हाथों देकर इन दोनों की मित्रता ने आज भारत को आर्थिक मुसीबत के चौराहा पर लाकर खड़ा कर दिया है कितना बड़ा इतपाक है या संयोग है कि गौतम अडानी इस संपत्ति 2014 से 2022 तक में बयालीस गुना बढ़ गई और अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अडानी अपने शेयर को बयालीस गुना बढ़ाकर बेचा भी आपको बता दू कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मौजूदा मोदी सरकार और इसके मित्र गौतम अडानी के बारे में आज तक जो भी कहा वो सब सच साबित हुआ है गौतम अडानी और मोदी की मित्रता देश के आम लोगों के मेहनत की कमाई की बर्बादी का कारण बन गया है यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत